धनुष गले पुष्प माला हम दास इनके ये सबके स्वामी अनजान हम ये अंतरयामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी है एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालक